ये है है हमारा नंद शर्मा <laughs> पेंटर साहब ने काम छोड़ दिया चार बजे पर पैसे नहीं मिले अभी तक अंदर बंदे बैठे हैं ऑफिस में नहीं जब तक बंदे हटने नहीं जब तक पैसे मिलने नहीं अंदर अपना काम होता है भाई ये ट्राली पे पेंट होता है ये इनका काम है पूरा टोटल ये हल हलम्बे ट्राली मिक्सर जितना भी काम है ये हमारा उस्ताद जी का काम है पेंटर जी का पैसे लेने है खर्चे के लिए पर अंदर पार्टी बैठी है जाया नहीं कर दे। देना डाला लग जाऊगा डाला लग जाऊगा आराम ना लग जाओ है नहीं लगना लग जाएगा लग, जाओगा। लग जाओगा। डाला लग जाएगा। दो मथीने जा रही है अपनी पालमपुर खोल के जा रही है एक बंदा जाएगा हाथ में फिट करके आएगा जाना पड़ेगा भैया जब फिट करनी है मथीने खोल दिए बस टायर निकाल दिए हैं फिर तो जाने ही पड़ेगा बात तो फटे हैंडल मत छोड़ दिए फिर में लग जाएगा जा फिर में अगर छोड़ दिया तो बाहर करना हैंडल को बाहर पकड़ हमारे अजय भाई को खूब परेशान कर रहे हैं भाई सुबह निकलना चार बजे मखीने लेके बैठ के निकलो ध्यान ध्यान ध्यान नाल नाल नाल आराम नाल। लगे हो गया भाई अगर तो तेल को ले रहेगी रहेगी एक एक वो सारा में ना भाई ना दोनों को यू तू मैं इधर तो पेंट वाली खड़ी है इधर प्राइमर वाली खड़ी है, ट्रॉली वाटर टैंक वाटर टैंक वाटर टैंक मिक्सचर, मिक्सचर, सेकंड हैंड ट्रैक्टर वाइब्रेटर प्लेट, सेकंड हैंड ट्रैक्टर सेकंड हैंड ट्रैक्टर